साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर काफी चर्चा में है आपको ये भी बता दें कि ये फिल्म काफी दिनों से दर्शकों के बीच उत्सुकता का कारण बनी हुई है यही उत्सुकता को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने इसका पहला पोस्टर रिलीज करा है जिसमे अभिनेता प्रभास भगवान राम के अवतार में धनुष को हाथ में पकड़े नजर आ रहे है इस पोस्टर के बाद दर्शकों को प्रभास का ये लुक काफी पसंद आया है वैसे मैं आपको बता दूं कि बारह फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है पर इससे पहले 2 अक्टूबर को इसका टीजर रिलीज होगा वो भी भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी किनारे अब देखना यह बाकी है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद ये फिल्म कितनी धूम मचाती है ऐसी अपडेट के लिए बने रही मेरे साथ सिर्फ दखन लिस्ट में